फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके रॉन्ग ट्रेक खड़े हो जाएंगे 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता, देखो आप सुनो मजेदार उसकी फिलोसफी में ऑलराउंडर शब्द नहीं था पांच बल्लेबाज पांच गेंदबाज एक कीपर ग्यारह की टीम बल्लेबाज को गेंद करने नहीं आती गेंदबाज को बल्ला पकड़ने नहीं आता लेकिन इस फिलॉसफी से उसने 20 साल रूल किया क्रिकेट को सेवनटी में जीते 79 में जीते 83 में वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है और इंडिया स्कोर 183, इंडिया स्कोर 183 माय थ्री माई रिचर्ड आया बैटिंग करने उसने तेरह गेंदे खेली आठ चौके मारे कपिल शर्मा तुम्हारे मारे रोजर बिन्नी को मारे हिला दिया सो। तो है समझ ही नहीं आया हुआ उनको ऐसा लगा कि बंदर शेर को चांटा मार के पेड़ पर पे चढ़ गया उनको तो ऐसा ही चला हुआ कि सालाई दो टके का टीम वेस्टइंडीज ने रूल किया था जनाब लोग कांटते थे वेलकम मार्शल साला छ फुट का आदमी नब्बे की स्पीड से गेंदबाज था वो सबसे पहला आदमी वो साला कहते हैं कि अंपायर के पीछे से भाग के आता था बल्लेबाज को दिखता ही से नहीं था और कहता था मुझे पिच में खून अच्छा लगता है आराम रूल किया था जिसने उनको लगा कि बंदर चांटा मार के शेर को पेड़ पे चढ़ गया वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप हारा इंडिया घर आ गया मजा देख वेस्टइंडीज ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया कि हमको इंडिया के साथ वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी ऐसी की तैसी? सीरियसली? बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया बेवकूफों! आ आप मुझे मार और रख के मार वेस्टइंडीज की टीम के मैक्सिमम प्लेयर कभी जो इंडिया आते ही नहीं थे कि इनके पास क्या जाके खेलना है बच्चों को क्या मारे सारे लोग वेस्टइंडीज के इंडिया आते हैं छह वनडे हुए जनाब पहले वेस्टइंडीज जीता सिक्स जीरो वेस्टइंडीज सिक्स जीरो वेस्टइंडीज जीता छ इंडिया जीता डेढ़ डेढ़ सौ रन से वनडे हराया इन्होंने अपने को डेढ़ डेढ़ सौ रन से और जो स्कोर कार्ड होता था उसमें सिर्फ लिखा होता था कैच कीपर बोल्ड मार्क मार्शल डूजोन बोल माल का मार्शल कैच डूजोन बोल माल का मार्शल यही छोटा था वनडे इंडिया हार गया वेस्ट इंडीज ने समझा दिया कि गलती से हो गया था उसको अब कहानियां खत्म नहीं हुई छह टेस्ट मैच भी हैं साला इसके बाद टेस्ट भी हैं पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज साढ़े दिन में जीता इनिंग और ढाई रन से अभी तो शुरुआत थी मीडिया में पूरी इंडियन मीडिया में पेपर में ये चला कि इंडिया तुक्के से वर्ल्ड कप जीत गया तो कैसे चला जिससे जीता उसने तो दिया साला घर में घुसखे मारा छह जीरो से वनडे हराया पहला मैच ढाई साढ़े तीन दिन में खत्म हो गया और मेलकम मार्शल ने बारह विकेट लिए आठ बोल्ट मारे साले ने उसका गेंदी से नहीं दिखता किसी को दूसरे मैच से पहले कनाकारी मनोवैज्ञानिक बुलाए गए और काउंसिलिंग सेशन हुआ सुनील गवास्कर का सुनील गवास्कर काउंसलिंग सेशन हो रहा है और सुनील गवास्कर में बोल रहा है एक लीडर कि मेलकम मार्शल इज द बेस्ट प्लेयर यू इज द बेस्ट यू आर द बेस्ट बैट्समैन अगर मेलकम मार्शल दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज है तो तुम दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हो चेंज योअीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू वर्ट एक्ट वॉट यू आर डूंग को ऐसा लगा जैसे जामद ने हनुमान जी को याद दिला दिया हो तेरी किसके कि साले उस हमारा जैसे राव सेकेंड मैच फिरोज शाह कोटला सट्टे बात बोलते थे तीन दिन में खत्म हो जाएगा रही वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग करने को दिया जाओ लकम मार्शल के सामने सुनील गवास्कर मैं आपको तो बताना चाहूंगा पहले ऑवर में गवास्कर ने मार्शल को चार चौके मारे फोर फोर पहले ऑवर और लंच तक गवास्कर ने 107 सौ सात किए नॉट आउट लंच से पहले गवास्कर स्कोर 107 जीरो सेवन अगेंस्ट वेस्टइंडीज एक चीज बदल गया और मेलकम मार्शल अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब गवास्कर ने उस पहले ऑवर में मुझे चार चौके मारे मुझे एक बात समझ में आ गया कि इंडियन क्रिकेट यहां से बदल जाएगी तो इंडियन क्रिकेट यहां से बदल जाएगी क्या बदल गया जानते हैं वही गवास्कर पहले था वही इंडियन टीम पहले थी लेकिन उनका एटीट्यूड चेंज हुआ दुनिया में सब कुछ ये लेकर निकलना बाहर आज तो तू कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं भाई